मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक ऐसा कुछ कर जाते हैं जो चर्चाओं का विषय बन जाता है अभी वो कंधे पर गैती रखकर हलमा उत्सव में पहुंच गए उन्होंने कहा कि हलमा की पवित्रता परंपरा को हम पूरे प्रदेश में लेकर जाएंगे कई जगह भागीदारी से काम हो भी रहा है जैसे वृक्षारोपण का, का काम जल संरक्षण का, का काम लेकिन इसको हम और व्यापक पैमाने पर लेकर जाएंगे हलमा के के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेकर पहुंचे और आदिवासी आदिवासी समाज समाज का वर्धन किया। उन्होंने कहा कि हमारे जनजातीय भाइ-बहनों की परंपरा जिसमें समाज का कोई भाई बहन किसी काम में यदि पीछे रह गया हो तो हम भी उसके साथ गैती पावड़ा उठाएं और उसका साथ दे ताकि वो बिछड़ ना जाए अगर वो घर बनवाने में पिछड़ पिछड़ गया गया हो हो तो तो तो घर बनवा दो दो दो कुआं कुआं खोदने में में देर लग रही हो, तो मिलकर मिलकर खुदवा दो। अगर खेती खेती है है तो सब लोग उसकी खेती करवा यह अद्भुत परंपरा है। यही है वसुदै कुटुंब का हल्मा की पवित्रता परंपरा को हम पूरे देश में लेकर जाएंगे हमारे जनजाति समाज की आदिवासी भाई बहनों की परंपरा जिसमें समाज का कोई भी भाई बहन अगर पीछे रह गया हो किसी काम में तो वो पिछड़ ना जाए चलो हम भी जैती फावड़ा उठाएं और उसका साथ दें अगर वो घर बनाने में पिछड़ गया तो घर बनवा दो कुआ खोदने में देर लग रही तो कुआ मिलके खुदवा दो अगर खेती में पिछड़ जाए तो मिलके सब चलो उसकी खेती पूरी करवा दो ये अद्भुत परम्परा यही है वसुदैव कुटुम्बकम परहित सरिस धर्म नहीं भाई यह अद्भुत परंपरा। उन्होंने कहा कि हल्मा की अद्भुत परंपरा को आपने सार्वजनिक करने का प्रयास किया कंधे पर गैती लेकर कल से आप लोग यहाँ आए हैं पहले गैती यात्रा निकाली गैती की पूजा की हमारे आदिवासी भाई बहनों की हलमा परंपरा जो आज दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकती है उस परंपरा के अंतर्गत आपने आज यहाँ टी खुदाई की पानी के संरक्षण के लिए हलमा की अद्भुत परम्परा को आपने सार्वजनिक प्रयास किया है कल से आप आए कंधे पे गैती लेके पहले गैती यात्रा निकाली गैती की पूजा की और उसके बाद आपने हलमा की वो हमारी जनजाति आदिवासी भाई बहनों की परंपरा जो आज दुनिया को बचा सकती है ग्लोबल वार्मिंग से उस परंपरा के अंतर्गत आपने आज ट्रंच की खुदाई की पानी के संरक्षण के लिए जो काम आपको दिया गया सवेरे मुझे बताया पांच बजे जगके आप निकल गए कल रात तक देर रात तक कार्यक्रम हुए और आपने संकल्प लिया है कि हाथी बाबा पहाड़ी भी हरी भरी करेंगे पानी रोकने की जल संरचनाएं बनाएंगे और अपने अपने गांव में भी